जय शिव शंकर तेर नाम लें कंठो लगे ना कंकर <laughs> भाई जी खोल लागे हाँ भाई भाई तो... तो गुंडा आदमी रह गया मैं खड़े जी लिया तू तो के कर सके तू तो मारे खातर बहुत कुछ कर सके कि खातर की कौन करू अरे वो हाँ सरदार दे नजर को मैं। करेगो तेरी तो छिया छाया देखी तेनाली और की आधी घंटा होगी इन घुमा बेटा कोई मारा कुटो करना कोई गाड़ का नहीं है सीधा है। वो तो अपन की कौन समझा मैं क्यूँ गणित को सुधर है जिसको मैं तेनाली कर ले बहुत देर हो गई इतने जुबान ने काटी थे कर लियो अगर जे मेरे भाई ने बेरो पड़ नहीं तो तैसी कैसी कर भाई हा हा हा दे तू जानता है इस एरिया का भाई कौन है अपुन है अपुन भाई तू मन भाभी बनाए होते भाई अरे बहुत ज्यादा हो गई है चल तेरे भाई का नंबर दे अभी नंबर नहीं आवाज ही काफी है